नमस्कार दोस्तों वेलकम टू माय चैनल मनी लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है इस चैनल पे आपको टॉप क्वेश्चन क्यूज़ आपको यहाँ पर रोजाना मिलेगा बीपीएससी बैंक एसएससी और रेलवे का टोटल सभी सिलेबस का क्वेश्चन आपको यहाँ पर टेकअप किया जाएगा जल्दी से इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों इसे बेल आइकन तो दबा ही दीजिएगा चलिए शुरू करते हैं अगर आपकी सपना है सरकारी जो पाने की तो 10 प्रश्न में से पाँच कभी आप उत्तर दे पाते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है चलिए शुरू करते हैं विश्व पर्यावरण दिवस हर साल किस स्थिति को मनाया जाता है आपके ऑप्शन ये रहे ए तीन जून को या बी चार जून को या सी पाँच जून को या डी छः जून को अगर दोस्तों इसका आंसर आपको पता है तो कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखें आपको हर एक प्रश्न के लिए पाँच सेकेंड का वक्त दिया जाएगा इनका सही आंसर हो जाएगा सी पाँच जून को मनाया जाता है अवैध या गिर रिपोर्टिंग सूचित और अनियमित मत्स्य पालन के खिलाफ लड़ाई का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल की स्थिति को मनाया जाता है आपके ऑप्शन सी रहे हैं ए तीन जून बी चार जून या सी पाँच जून या डी छः जून को अगर इसका आंसर दोस्तों आपको पता है तो कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और दोस्तों इसके लिए आपको पाँच सेकेंड का वक्त दिया जाता है इनका सही आंसर हो जाएगा सी पांच जून को मनाया जाता है हाल ही में सेज प्रोग्राम और पोर्टल का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया आपके ऑप्शनचंद गहलोत या बी अशोक गहलोत या सी नरेंद्र मोदी या डी अमित शाह आपके पास है पांच सेकंड का सेकंड का वक्त जवाब देने के लिए अगर पता तो कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखें हो जाएगा ए थावरचंद गहलोत स्विफ्ट जी पी इंस्टेट सुविधा शुरू करने वाला बना विश्व स्तर का दूसरा बैंक कौन है ए एचडीएफसी बैंक या बी आई बैंक या सी एसबीआई बैंक या डी एक्सिस बैंक आपके पास है सेकंड सेकेंड वक्त जवाब देने के लिए क्या इंसान से पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें इनका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी आई बैंक आई के नए वाइस चीफ कौन बने हैं आपके ऑप्शन ये रहे हैं ए रमाशंकर सिंह बी अमित खेड़ा या सी विवेक राम चौधरी या डी रवि कुमार सिंह आपके पास है पाँच सौ जवाब देने के लिए अगले आंसर पता तो कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखें इसका आंसर हो जाएगा सी विवेक राम चौधरी एनसीपीसीआर ने कोविड नाइन्टीन से प्रभावित बच्चे के लिए कौन सा ऑनलाइन ट्रैकिंग पोर्टल लॉन्च किया है आपके ऑप्शन सी ये रहें ए एक पहल या बी चिको या सी बाल स्वस्थ या डी बाल स्वराज आपके पास है पाँच सेकंड का वक्त इनका सही आंसर है बी बाल स्वराज लॉन्च किया आई ई हिसाब की किताब शीर्षक वाली शॉर्ट फिल्मों के कितने मॉड्यूल लॉन्च किए हैं आपके ऑप्शन ये रहे ए चार या बी छे या सी आठ या डी नो आपके पास है पांच सेकंड का वक्त इनका सही आंसर हो जाएगा बी छः मॉड्यूल लॉन्च किए हैं हाल ही में किसी 2021 के प्रतिष्ठित इंटरनेशनल बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया आपके ऑप्शन शेयर हैं ए एना बैन बर्स या बी डेविड डिओप या सी मेरी के लुकास रिजने वेल्ड या डी ओल्गा आपके पास है पाँच सेकेंड इनका सही आंसर हो जाएगा डी डेविड डिओप एम वी एक्सप्रेस पल्स जो श्रीलंका के तट पर डूब गया किस देश का था आपके ऑप्शन सी रहे हैं ए भारत बी अमेरिका सी सिंगापुर या डी चीन आपके पास है पांच सेकंड का वक्त इनका सही आंसर हो जाएगा सी सिंगापुर का ये था हाल ही में खबरों में रहा आर्कटिक नेशनल वर्ल्ड लाइफ रिफ्यूज किस देश में स्थित है आपके ऑप्शन ये हैं ए भारत बी अमेरिका या सी सिंगापुर या डी चीन आपके पास से पाँच सेकेंड वक्त जवाब देने के लिए अगर इसका आंसर पता है तो कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखें इनका सही आंसर हो जाएगा बी ये अमेरिका क्या था सॉरी अमरीका में स्थित है दोस्तों इस तरह आपके टॉप क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं अगर इसमें से 10 में से आप कितना स्कोरिंग कर पाते हैं तो कॉमेंट सेक्शन में ये भी लिखिएगा दोस्तों और दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और बाकी दोस्तों तो किसे शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए नोटिफिकेशन बेलाइकन जरूर दबा दीजिएगा धन्यवाद